जाओ आज हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट खेल रहे हैं बहुत दिनों बाद नई गेम के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी एक और नया गेम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट को एक बार और रन करें और बंदूकों से बहुत चार करें गाड़ मार चीर फार करें आओ देखो ऐसा कि ये बात करते हैं कितने लॉन्डो को हम लोग टपका चुके हैं और कितने गन मूड चेंज कर चुके हैं लेकिन जब भी हमारे ऊपर गोली बरसती है तो हम लोग डाउन हो जाते हैं बैठ जाते हैं क्योंकि अपनी गोलियां निकालना जरूरी है उसके बाद फिर फायरिंग करते हैं और इस बार भागते हैं भैया क्लियर राउंड हो गया हमारे टीममेट भाग रहे हैं तो हम भी भागेंगे ओए भागना पड़ेगा वरना मार जाएगा उड़े बाबा मम्मी मार देंगे ये ओय पत्थर की बारिश कर दिए नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ मुझे नहीं पता ऐसा भी हो जाएगा अरे बापरे उड़े बाबा ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ एक सेकेंड इधर फाइटर प्लेन ट्रक चल रहे हैं एनिमेस ट्रैक चॉपर भी है इधर अब देख पहले तो ट्रिकट दबा के इनको सूट कर दूंगा ओए मार दिया ओए मार दिया सब आने लगे मेरे पास ओ ग्रेनाइट के वाचर कर दी सामने सा भौसड़ी का रॉकेट लॉन्चर छोड़ रहा है ओए डैमेज मार रहा है मुझे डैमेज दिया ये ले स्प्रे स्प्रे मार दी एक और स्प्रे एक और स्प्रे ये भौंसड़ी के स्प्रे स्प्रे मार दी मैंने इस पर ओह पिस्टल से मार रहा हूँ मैं मैं चूतियाँ बन गया पिस्टल से मार रहा हूँ मैं चूतियाँ बन गया पिस्टल से नहीं मारूंगा मैं निकालूंगा अपनी ग्रेन ग्रेनाइट नहीं मारूँगा इसको ग्रेनाइट नहीं पिस्टल से नहीं चलेगा मुझे तो गन चाहिए और एक गन से ही मजा आएगा वैसे नहीं लड़ सकते यार गन से जो मचाए वो ही आकर जिंदगी में मजा आए और रामलाल हमारे साथ खिल रहे थे रामलाल को मैंने यहाँ से अभी भगा दिया क्योंकि रामलाल अभी हंगने गया शायद मुठ मारने भी गया वो फर्क नहीं पड़ता इससे हम लोग तो ग्रेनाइट की बहु कर रहे हैं ग्रेनाइट स्प्रे मारते जा रहे हो और जितने सामने हमारे एनिमीज आते हैं उनको हम लोग खत्म कर देते हैं बिकॉज जब भी एनिमीज दिखे तो उनकी गाल ले लो मेरा मतलब मार दो और एक सेकेंड ये टैंकर बीच में अड़ गया इसके ऊपर चढ़ने का है, मुझे समझ आ रहा है बेटे बेटी मुझको समझ आ रहा है ये कॉपर चाकू मार दूंगा गले में डायरेक्ट मार दिया मैंने चाकू और ग्रेनाइट उसकी टुल्ल में घुसा दिया है अब देखते हैं आगे जाके फटने वाला है ये ये तो खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है ये होना था ये, भूसली का ग्रेनाइट मेरे ऊपर कौन फेका बड़ुआ, बड़ुआ, कौन मेरे ऊपर ग्रेनाइट फेंका कोई नहीं होता लगेगा एक ही है एक ही को मारना है ओय ये मार रहा है रुक जा ये देख स्कॉप करके मार दूंगा तुझे मुझे पता था यह मरेगा इसको कितने आराम से मार दिया मैंने ऐसा ही ऐसा ही मारता हूं मैं बिना रुकावट सेवाओं के लिए हमारे लौड़े को ना छुएं और मत करो ऐसा आखिर क्यों गुप्त रोगी मिले डॉक्टर आजाद के साथ पास अभी कांटेक्ट करें छियानवे दो सौ अंठानवे बाबा तुम्हारी गांड क्यों इतना और से सुन रहे हो कितने एनिमीज को मार दिए हमने लेकिन ये भड़ुए मेरे को मारते ही जा रहे हैं डेमेज पे डैमेज कर रहे हैं ओहो भाई का गेम प्ले देख रहे हो नेक्स्ट आसमान छूर रहा है, है। कितना गजब का ओपी मार रहा है पेड़ के पीछे झुपका मार रहा है यह भड़ुआ रुक जा रुक जा रुचा बेटी रुझा बेटी कितने आराम से मार दूंगा बेटी तुझको नहीं पता एक कितना ज़ूर का स्कॉप करके और गन चेंज करके क्योंकि हमें उसमें पसंद नहीं आ रहा तो ग्रेनेड मार देगा ये भोसड़ी का ग्रेनेड से बचना होगा उसके बाद गन रिलोड करना होगा फिर इतने दूर से स्कॉप करके मार रहे हैं पूरा पूरा देख रहा हूँ मैं इधर से पूरा देख तुमको ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा फेलते रहूंगा लेकिन एक सेकेंड इधर अभी दो और है इनको और सूचना होगा लेकिन टीममेट मार देगी मुझको पता है जितना पता है उतना करता है <laughs> <laughs> और बाप रे इतने दूर से स्कोप मार रहा हूँ और अब बापरे इतने दूर से इसकॉप मार रहा हूँ मुझे नहीं पता था मुझे पता ही नहीं था ये इतने दूर से भी मार लेता हूँ मैं आखिर क्यों क्यों इतना बड़ा लौड़ा हो गया अरे लाइट चली गई अरे लाइट चली गई मेरी लाइट चली गई कोई नहीं पूरी वॉइस तो पानी, पानी आ जाएगा उड़े मम्मी रे भाग लो रे बेटे इधर से भाग लो अरे बापरे लाइट चली गई वॉइस ऑफर पता नहीं कैसी आ रही होगी मुझे नहीं समझ आ रहा पानी बाढ़ आ गई और लाइट भी चली गई ओ बस वीडियो खत्म करते हैं बाढ़ से बच लो उपरे भाग लो रे देखो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो नये चैनल पे सब्सक्राइब करो कमीने फ्रेंड्स को शेयर करो और अपने लैंड को इतना मत लाओ सब्सक्राइब कर दो बस बाय बाय गुड बाय जय हिंद जय भारत